नमस्कार दर्शकों स्वागत है आपका राशिफल के इस कार्यक्रम में दर्शकों आज का राशिफल छठ स्पेशल रहने वाला है आपकी चाहे जो भी राशि हो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा अपने जीवन में सूर्य को स्ट्रांग कैसे बनाए जो तो छठ पूजा होती है हम लोगों के पूर्वांचल में कहा जाए अब तो संपूर्ण भारत में और विश्व में भी हो, हो रही है तो छठ पर्व पर सूर्य से एक कुछ आप मनचाहा वरदान कैसे ले सकते हैं इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे साथ ही साथ दर्शकों को पंचांग क्या कहता है इस पर भी दृष्टि डालेंगे दा, आज का राशिफल क्या कहता है एक तारीख का राशिफल क्या कहता है इन सभी विषयों पर प्रकाश डालते हुए अपने प्रोग्राम को समापन की ओर ले जाएंगे लेकिन दर्शकों आगे बढ़ें उससे पहले आप लोगों को बताना चाहेंगे कि जो भी दर्शक मुंबई और दिल्ली में नवम्बर माह में मिलना चाहते हैं आप लोग मिल के अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं तो दर्शकों फटाफट आज के पंचांग पर दृष्टि डाल लेते हैं पंचांग पांच अंगों से मिल करके बना होता ये अंग है दो हजार उन्नीस दिन शुक्रवार और जो आज तिथि रहेगी दर्शकों ये शुक्ल पक्ष की कार्तिक शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि रहेगी सूर्योदय होगा प्रातः छह बजकर उन्नीस मिनट पर और सूर्यास्त होगा शाम को पांच बजकर बीस मिनट पर दर्शकों पंचमी तिथि के बारे में हमने पूर्व में आपको बताया था कि पंचमी तिथि को बेल नहीं खाना चाहिए बेल खाने से कलंक लगता है तो कोशिश कीजिएगा आज किसी भी प्रकार से बेल का सेवन मत करिएगा और पंचमी तिथि के बाद फिर षष्ठी तिथि लग जाएगी छठ पूजा रहेगी नक्षत्र रहेगा मूल इसके उपरांत पूर्व भाद्रपद नक्षत्र रहेगा योग रहेगा अधिकरण इसके उपरांत शुकर्मा योग रहेगा करण रहेगा वब इसके उपरांत वाल और अंतिम करण जो रहेगा ये रहेगा कौलव करण दर्शकों सूर्य देव की यदि हम बात करें तो तुला राशि में सूर्य चल रहे हैं और इस समय नीच के चल रहे हैं चंद्रमा की बात करें तो चंद्रदेव धनु राशि में चलायमान रहेंगे शुक्रवार दिन की बात करें तो शुक्रवार को दिशा जो होता है ये पश्चिम दिशा की ओर दिशा होता है यदि आपको यात्रा करनी पड़ जाए तो पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करने से बचिएगा लेकिन यदि करनी पड़ जाए तो कोशिश कीजिएगा पहले पूर्व की ओर चार पथ चलिएगा तदुपरांत पश्चिम की ओर आप चलिएगा और यात्रा करने से पहले मक्खन का सेवन कर सकते हैं आप मिश्री का सेवन कर सकते हैं आप पिस्ते का सेवन कर सकते हैं राहु काल की बात करते हैं कैसा काल है कैसा समय कि शुभ कार्यों को नहीं करना है तो प्रातः काल दस बजकर 27 मिनट से लेकर के ग्यारह बजकर पचास मिनट तक का समय राहु काल का रहेगा शुभ कार्यों को करने के लिए जो मुहूर्त है कोशिश कीजिएगा कि आज दोपहर में तीन बजकर तेईस मिनट से लेकर के पाँच बजकर एक मिनट तक की अमृतकाल रहेगा इसमें कर लीजिएगा विजय मुहूर्त रहेगा एक बजकर चालीस मिनट से लेकर के दो बजकर चौबीस मिनट तक की इस बीच में आप कर लीजिएगा दर्शकों एक बात और बताना चाहेंगे ये जो हमारा पंचांग है ये लखनऊ क्षेत्र को मानक मान करके बनाया गया है तो अब चलते हैं हम आपको उपाय की ओर आज हम पहले ही उपाय बता देना चाहते हैं आप लोगों को कि कैसे छठ पूजा में आपको सूर्य से एक मनचाहा वरदान आपको ले लेना है एक ऐसा वरदान कि आपका आपके जीवन में एक नए प्रकाश का आगमन हो दर्शकों यदि आपकी भी कुंडली में सूर्य चाहे जिस स्थिति में हो देखिए सूर्य आराधना सबको ही करनी चाहिए चाहे, चाहे आपकी कुंडली में सूर्य नीच के हो तुला में फिर चाहे उच्च के हों मेस में सूर्य आराधना सभी को करनी चाहिए और सूर्य आराधना आज की देन नहीं सूर्य आराधना अनादि काल से होती आ रही है कर्ण भगवान भी करते थे भगवान श्री कृष्ण भी करते थे अर्जुन भी करते थे राम जी करते थे ये तो त्रेता युग के समय से जो है क्या कहते हैं सूर्य आराधना का प्रचलन हुआ है बाली के बारे में आपने सुना होगा वानर थे तो बाली भी सूर्य आराधना करते थे और बाली को सूर्य जिसे देखिए वरदान था यहाँ पर कि जो कोई भी बाली के सामने आएंगे इनकी शक्तियाँ जो है आधी शक्ति बाली में समाहित हो जाएगी तो देखिए ये एक जो है क्या कहते हैं प्रचलन बता दें कि ये कि विदंती है वास्तव में ऐसा नहीं था कि कोई बाली के सामने जाएगा कि बाली की आधी शक्ति आ जाएगी बाली सूर्य आराधना करते थे सूर्य उपासना करते थे सूर्य से इतना ज़्यादा उनको पावर मिलती थी कि कोई भी उनके सामने टिक नहीं पा, पाता था उनका आभा मंडल इतना तेज था तो दर्शकों सूर्यदेव से आपको क्या लेना है देखिए आज शाम को जो है आपको डूबते हुए सूर्य को अर्घ देना रहेगा और डूबते हुए सूर्य को अर्घ कैसे देना है हम आपको बता रहे हैं देखिए सूर्य पूर्व दिशा की ओर उगते हैं पश्चिम दिशा की ओर जो है अस्त होते हैं ये सभी लोग जानते हैं तो आज शाम के समय हमने जो सूर्यास्त का टाइम बताया है पंचांग के अनुसार तो शाम के समय आपको करना क्या रहेगा एक तांबे के पात्र में आपको जल लेना है उसमें थोड़ा सा गंगा जल ले लीजिएगा एक चुटकी कुमकुम जिसको रोली भी बोलते हैं हम लोगों की तरफ ये डालना रहेगा थोड़े से गेहूं के दाने ले लीजिएगा थोड़ा सा लीजिएगा दस बारह गेहूं के दाने आप ले सकते हैं और गुड़ ले लीजिएगा देखिए सूर्य की ये सभी धातुएं हैं और इन सभी को आपस में मिक्सचर करिएगा और मिक्सचर करने के बाद आपको सूर्य देव को अर्घ देना है परंतु आपको ध्यान ये रखना है कि वो जो अर्घ है वो धरती पर ना गिरे इट मीन्स कि आप सामने कोई पात्र रख सकते हैं कोई बाल्टी रख सकते हैं अथवा कोई गमला रख सकते हैं या आप किसी सरोवर में तालाब में या नदी में दे सकते हैं तो शाम के समय आपको ये करना रहेगा और दूसरा आपको जब भी खड़े होना है जैसे मान लीजिए आप अपने छत पर खड़े होकर के अर्घ देते हैं सूर्यदेव को तो एक आसन बिछा लेना है आपका आपके जो शरीर का संपर्क है ये किसी भी प्रकार से पृथ्वी से नहीं होना चाहिए तो एक आसन बिछाइएगा आसन के ऊपर आप खड़े होइएगा और सूर्यदेव को अर्घ दीजिएगा और उसके बाद दर्शकों मंत्रों में बड़ी पावरफुल होती है बहुत एनर्जी होती है ये जो अब मंत्र है इस मंत्र को आप लोग स्क्रीन पर भी देख सकते हैं ओम ह्रीं घृणीम सूर्य आदित्याय नमः ये मंत्र जो है इस मंत्र को कम से कम आपको 21 बार 21 बार आपको उच्चारण करना रहेगा और दर्शकों यकीन मानिए आपके अंदर इतनी एनर्जी आएगी कि आपने सोचा भी नहीं होगा दूसरा दर्शकों सूर्य आराधना करने के बाद अर्घ देने के बाद वहीं पर बैठ करके आप लोग आसन पर बैठ जाइएगा और 108 बार सूर्य गायत्री मंत्र आप लोग गूगल से भी देखिए डाउनलोड कर सकते हैं और स्क्रीन पर भी देख सकते हैं सूर्य गायत्री मंत्र दर्शकों एक सौ बार आपको वहीं पर पाठ करना रहेगा यकीन मानिए कि सूर्यदेव आपके जीवन में वो सभी कुछ उपलब्ध कराएंगे जिनकी आपको आवश्यकता है तो एक छोटा सा प्रयोग है और बाकी छठ पर्व वाले दिन प्रातःकाल दो तारीख की प्रातःकाल क्या करना है इस पर भी हम आप लोगों को बताएंगे लेकिन पहले एक तारीख की जो है शाम के समय आपको क्या करना रहेगा ये हमने बता दिया साथ साथ दर्शकों जो कोई भी छठ के व्रत हैं उनको हमारी तरफ से ढेर सारा प्रणाम आप लोग स्वीकार करिए और आशीर्वाद दीजिए दूसरा यदि आप व्रत नहीं है तो कोशिश कीजिए कि जो भी व्रत हैं उनकी आप यथासंभव सेवा करिए तो मे से लेकर के मीन राशि के जातकों का आज का क्या रहेगा हाल तो मेघ राशि के जातकों आज शारीरिक और मानसिक रूप से दिन अच्छा रहने वाला है वाणी और व्यवहार पर संयम बरतें, राग द्वेष से दूर रहें और अपने शत्रुओं से संभलकर चलना है आज स्वास्थ्य की ओर आपको अधिक ध्यान देना रहेगा अन्यथा आपका स्वास्थ्य बहुत ज्यादा प्रतिकूल दिखाई पड़ेगा आज आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त करने का दिन अच्छा रहेगा रहस्यमय विश्व के प्रति आज आपका ध्यान आकर्षण होगा गहन चिंतन मनन आज आपके मन को शांति प्रदान करेगा इसके साथ साथ मेष राशि के जातकों आज व्यापार में आपको लाभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है संतान से कोई शुभ समाचार प्राप्ति होगी उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज कोशिश कीजिएगा कि प्रातःकाल सूर्यदेव को जल्दी अर्ख दीजिए और आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा व्हाइट और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा एक वृषभ राशि तो के जातकों आज व्यवसाय में आपको यस्थ मान सम्मान और सफलता मिलेगी आज सह का पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होगा आर्थिक लाभ होता हुआ व्यापार में नौकरी में दिखाई पड़ रहा है प्रतिस्पर्धी आज, आज आपसे परास्त होंगे आज दोपहर के बाद मनोरंजन के साधनों पर आपका पैसा खर्च होता हुआ दिखाई पड़ रहा है किसी पुराने मित्र के साथ आज, आज आपकी मुलाकात हो सकती है और आज आप लोग कहीं छोटी मोटी यात्राओं पर घूमने के लिए जा सकते हैं उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा कि आज मांस मदिरा से आप लोगों को दूर रहना रहेगा दूसरा दर्शकों आज के दिन लक्ष्मी सहित नाम का यदि आप पाठ करते हैं तो माँ लक्ष्मी का आगमन आपके जीवन में बना रहेगा लक्ष्मी की कमी कभी होगी ही नहीं शुभ कलर आपके लिए रहेगा भाई, शुभ अंक आपके लिए रहेगा तो चर्चा में आपका पूरा दिन बीतेगा शारीरिक और मानसिक रूप से आज सावधान रहेगा मध्यान्ह के बाद व्यवसाय में लाभ की संभावनाएं बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है घर में शांति का वातावरण बना रहेगा आज आपके विरोधी और प्रतिस्पर्धी ये आपके सामने परास्त होते हुए दिखाई पड़ रहा है। इसके साथ साथ कोई नई नौकरी कोई नई जॉब आपका इंतजार कर रही है आप लोग ले सकते हैं जीवन साथी के साथ संबंध आज आपके मधुर होंगे उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज कोशिश कीजिएगा कि बरगद के वृक्ष पर दूध का अर्पण करिए और आज कनक धरा स्त्रोत का पाठ करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा नीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा छ कर्क राशि तो कर्क राशि के जातको आज मन में कुछ हताशा रहेगी मानसिक रूप से बहुत ज्यादा परेशान रहेंगे शारीरिक रूप से भी आज अस्वस्थ रहेंगे प्रवास के लिए आज का दिन अनुकूल नहीं रहेगा जमीन और वाहन से जुड़ी समस्याएं सताएंगी मध्यान्हन के बाद आप सुख का शांति का अनुभव करेंगे आज आपको धन किसी को उधार नहीं देना है आज के दिन कोर्ट कचहरी से संबंधित कार्यों में आपकी विजय होती हुई दिखाई पड़ रही उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा कर्क राशि के जातकों को तो कर्क राशि के जातकों आज कोशिश कीजिएगा कि जल का अधिक से अधिक सेवन करिए और भगवान भोलेनाथ पर शमी पत्र का अभिषेक करते हुए आपको जल चढ़ाना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा व्हाइट शुभ अंक आपके लिए रहेगा चार अगली राशि राशि आती सिंह सिंह तो अच्छा निवेश के लिए आज का दिन काफी ज्यादा फलदायी रहने वाला है मध्याहन के बाद आज आपके अंदर सहनशीलता बढ़ेगी मानसिक हताशा का कुछ अनुभव होता हुआ दिखाई पड़ रहा शारीरिक स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक कुछ असर पड़ सकता है आज के दिन यात्राओं से बचिएगा वाहन सावधानी पूर्वक चलाइएगा कोई नई नौकरी कोई नया रोजगार आज आप स्थापित कर सकते हैं उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए आज प्रयास आपको ये करना रहेगा कि श्रीसूत्र का पाठ करिए पहली चीज दूसरा सुगंधित वस्तुओं का आज प्रयोग अधिक से अधिक करें शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा ऑरेंज शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा छ कन्या राशि के जातकों तो कन्या राशि यदि आपकी है तो आज आपका मन बड़ा द्विधा स्थिति में रहेगा आज संतान से रिलेटेड कोई कष्ट होता हुआ दिखाई पड़ रहा लेकिन उस कष्टों से आप बाहर आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं पर कुछ संयम जो है रखिएगा मन आज आपका बड़ा दुख रहेगा परिजनों के साथ बात विवाद हो सकता है शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पाएंगे भाई बंधुओं के साथ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हो सकती है यात्राओं का योग रहेगा संतान के कष्ट को लेकर के आज आप ज्यादा परेशान रहेंगे उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिए गजेंद्र मोक्ष का आज आप लोग पाठ करिए शुभ कलर आप लोगों के लिए रहेगा हरा शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा आठ तुला राशि तुला राशि के जातकों आज की कलात्मक और और और शक्ति में बड़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है। शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। वस्त्र आभूषण मनोरंजन के पीछे आपका खर्च होता हुआ दिखाई पड़ रहा है मध्याह्न के बाद आज आपका मन दुविधापूर्ण स्थिति में रहेगा निर्णय लेने में कुछ कठिनाई होती हुई दिखाई पड़ रही है परिजनों के साथ संभव हो तो बात विवाद को डाल दें तो बेहतर रहेगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज प्रयास ये करना रहेगा कि दुर्गा चालीसा का आपको पाठ करना रहेगा रहे नीला आठ वृश्चिक राशि तो वृश्चिक राशि के जातको आज उग्र और असंयमित व्यवहार आपको समस्या में डाल सकता है आज आप अपनी वाड़ी के कारण कहीं पर विरोध का सामना करना पड़ सकता है संबंधियों के साथ अचानक कोई अनिष्ट घटना बन सकती है मध्यान्हन बा शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना पड़ेगा आर्थिक विषयों का जो है व्यवस्थित रूप से जो है आज आयोजन करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं आज किसी नए निवेश आपका इंतजार कर रहा नए निवेश से आज आपको धन लाभ होगा कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको सफलता मिलेगी उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज दुर्गा जी के बत्तीस नामों का आपको जाप करना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा नीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा तीन तो धनुराशि के जात आज का दिन क्या कुछ नया लेके आया है तो आज का दिन देखिए साफ लाभकारी रहने वाला है पारिवारिक जीवन में आनंद का वातावरण रहेगा आज आपको नौकरी में प्रमोशन मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है मित्रों के साथ घूमने के लिए बाहर जा सकते हैं यदि आप व्यापारी हैं तो आज आपको उत्तम धन लाभ होगा लेकिन अपने स्वास्थ्य का आज आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा अनैतिक कार्यों से दूर रहिएगा अन्यथा आपको समस्या में जो है कोई डाल सकता है किसी महिला के कारण आज आप मुसीबत में फंसते हुए दिखाई पड़ रहे हैं उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो सबसे पहले तो महिलाओं से आज दूरी बना लीजिएगा यथासंभव दूसरा दर्शकों करना क्या रहेगा देखिए आज के दिन नारायण कवच का आप लोग पाठ करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा पीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा आठ कैप्रिकॉन मकर राशि तो कैप्रिकॉन वालों आज का दिन गृहस्थ जीवन की दृष्टि से आनंदमय रहेगा परिजनों के साथ आनंद का वातावरण बनने का व्यवसाय में पदोन्नति के योग हैं सहकर्मचारियों का आज आपको ऑफिस में सहयोग प्राप्त होता हुआ दिखाई पड़ रहा है मध्यान्ह के बाद मित्रों के साथ भेंट होगी और आज आप लोग कहीं पर ऐसी जगह पर जाएंगे जो जगह आपके लिए नहीं जो है नहीं हो तो प्रकृति के काफ़ी करीब आज आप रहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं यात्राओं का योग बन रहा है और आज आप लोग फुल मस्ती करेंगे खूब इन्जॉयमेंट करेंगे उपाय के चार्स कुंभ राशि राशि के जातको आज अपने बौद्धिक कार्य और लेखन प्रवृत्ति में उलझे रहेंगे नए कार्य का प्रारंभ कर सकते हैं लंबे प्रवास या धार्मिक यात्राओं का आयोजन होने की संभावना दिखाई पड़ रही है व्यवसाय में लाभ के अवसर मिलेंगे थोड़ा सा संभल आज आपको चलना रहेगा स्वास्थ्य का आज आपको विशेष तौर पर ध्यान देना रहेगा पारिवारिक जीवन में आज खुशियों का माहौल रहेगा किसी धार्मिक एक्टिविटी में आज आप लोग सम्मिलित होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए कोशिश कीजिएगा आज के दिन लक्ष्मी सूक्त का आप लोग पाठ करिए और श्रीमंत्र का मानसिक जाप करिए अच्छी मात्रा में आपको धन लाभ मिलेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा ग्रे कलर और शुभ अंक आपके लिए रहेगा छः अंतिम राशि पर चलते हैं लेकिन दर्शकों फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब करिए हमारे ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे वीडियो को जमकर शेयर कीजिए जो कोई भी छठ से रिलेटेड पूजा पाठ व्रत हैं उन तक ये वीडियो जरूर पहुँचनी चाहिए तो मीन राशि के जातकों आज अपने वाड़ी को संयमित रखने की सितारे सलाह दे रहे हैं हित शत्रुओं से सावधान है, रहना है स्वास्थ्य का ध्यान रखना है आज गूढ़ विद्या का ज्ञान प्राप्त करने के लिए दिन अच्छा रहने वाला है विदेश में स्थित किसी मित्र या स्नेही जनों से आपको कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है व्यवसायिक स्थल पर आज आपको सहयोग प्राप्त होगा कोई नई नौकरी कोई नई जॉब आज आपको इंतजार कर रही है फिर चाहे वो सरकारी क्षेत्र की हो फिर चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की हो कोई ना कोई नौकरी आज राशि के जातकों को मिलेगी इसी धार्मिक क्रियाकलाप में आज आप प्रतिभा करते हुए नजर आएंगे यात्राओं का योग बन रहा है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज कोशिश कीजिएगा कि आप लोग श्री सूत्र का पाठ करिए और साथ ही साथ दुर्गा जी के बत्तीस नामों का पाठ जरूर करिए आपको अच्छी खासी मात्रा में धन लाभ होगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा वाइट शुभ अंक आपके लिए रहेगा नौ तो दर्शकों ये तो था हमारा मेष से लेकर के मीन राशि का राशिफल कैसा लगा प्लीज़ कमेंट के माध्यम से बताइए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बगल में बना बेल आइकन दबाइए वीडियो को आप लोग तो लाइक भी तो कर सकते हैं दर्शकों यदि आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना है तो स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं नवम्बर माह के राशिफल पड़ गए हैं और वार्षिक राशिफल दो भी हमारे चैनल पर पढ़ चुके हैं आप लोग जा के देख सकते हैं दीजिए इजाज़त मिलते हैं अपने नए वीडियो में तब तक के लिए जय छठी भैया